हरदा में सरकार ने मूंग खरीदी शुरू कर दी है मूंग खरीदी चालू होने से किसानों में खुशी की लहर है खरीदी को लेकर किसानों ने कृषि मंत्री कमल पटेल का आभार जताया है हरदा में मूंग की खरीदी चालू होने से किसानों में काफी उत्साह देखने को मिला आरती स्व सहायता समूह ने आर वेयर हाउस धनगांव में मूंग खरीदी चालू की मूंग खरीदी के पहले दिन दो कृषकों के मूंग की तुलाई की गयी मूंग तुलाई से किसान खुश नजर आए किसानों ने खरीदी शुरू करने पर कृषि मंत्री कमल पटेल का आभार जताया है मैंने यहाँ आज मूंग की फसल लेके आया हूँ मेरी तुलाई व्यवस्थित तरीके से चल रही है यहाँ प्लेट काटा से तुलाई करवाने के लिए माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी का इसलिए भी बहुत हमारे साथ किसान भाइयों की तरफ से धन्यवाद उन्होंने मूंग के लिए नहर भी दी साथ में मूंग की तुलाई भी करा रहे हैं इससे निश्चित ही किसान को फायदा हुआ और किसान की आमदनी जो दो गुना सरकार चाहती है उसमें एक बहुत बड़ा कदम है आर के बेरहाँ जी टे से मेरी चल रही है यहाँ पर जी हम आगे का बहुत बहुत कांटे से चलवाने की व्यवस्था करी जी यहाँ की बहुत बढ़िया व्यवस्था है जो हमारे समूह को मुँह खरीदी मिली है समूह का नाम सरस्वती आजीवन समूह आंसारी जी और मैं मुख्य रूप से प्रबंधन हूँ और जो भी काम होगा वो सरकार के गाइडलाइन के माध्यम से कर रहा है और हमारे क्षेत्र के कृषि मंत्री कमल पटेल जी को बड़े जुड़वाने में बहुत बहुत बधाई हो